करें पूछ क्या होता है बिना दिल के मगर सुबह मगर सुबह चांद तो वो भी लेता है चतर पाता है और फिर खुद ही मरम बन जाता है इश्क हाय मैं मर जाते आई